चंद दिन पहले, जब तुर्की शाम और उसी तरह उसके आसपास के में आस पास के ममालिकलजिला भी और जानी लिहाज से भी तो जब लोग वहाँ पे पहुंच और वहाँ पे गए और वहा पे इमरजेंसी लग गई तो जब न्यूज सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गई और मुख्तलि प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लोगों के पास खबरें पहुंच गई तो हर किसी ने उसको फिर अपने एंगल से बयान करना शुरू कर दिया और जब ये न्यूज पब्लिक तक पहुंच गई तो पब्लिक में एक अजीब किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो गई अब इस सिचुएशन को डीपली समझ लेते हैं हमारा जो परसेप्शन बनता है हम जिस भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज की तरफ जाना चाहते हैं किस प्लेटफॉर्म को लेते हैं हम और किस प्लेटफॉर्म को हम पीछे छोड़ते हैं तो जो भी प्लेटफॉर्म या जो भी खबर हम सुन लेते हैं और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं या इसको समझने की कोशिश करते हैं तो बाद में वो हमारा परसेप्शन बन जाता है और अब वो परसेप्शन सही है या गलत है डिपेंड करता है ये न्यूज सर्कुलेट हो गई तो लोगों ने अपनी अपनी अजीब किस्म के स्टोरीज बना डाली हर किसी के पास जाओ तो उसके पास इस तुर्की के जलजले के बारे में अजीब किस्म की अपनी एक स्टोरी है और जब वो आपको बताता है तो आपके माइंड में भी अजीब किस्म के सवाल उठते हैं माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन वो भी करते हैं और जब आंसर देते हैं आप जब उनसे क्वेश्चन करो तो अजीब किस्म के आंसर आंसर देते हैं कोई कहता है कि किसी सुप्रीम कंट्री ने आके तुर्की और शाम में जलजिला किया और कोई और इसी तरह बड़े प्लेटफॉर्म्स जो है कल हमने एक देखा था कि एक बड़े प्लेटफॉर्म ने तुर्की के जल्जले को उस पर एक कार्टून बनाई थी और उस पर ये भी लिखा था कि अब तुर्की में टैंकों की कोई ज़रूरत नहीं थी इसी तरह उसने एक स्टोरी बनाई थी तो जब इसी तरह की न्यूज़ सर्कुलेट करती है और जब इसी तरह न्यूज़ हमारे खानों में पहुँचती है और जब नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी होती है तो जो हमारा परसेप्शन बन जाता है वो बहुत ज्यादा डीपली ख़राब और रिजिड किस्म का बन जाता है अब इन चीज़ों की वजह से जब हिस्ट्री बनती है जब तारीख लिखी जाती है तो उसके दो एंगल्स होते हैं एक होता है राइट right एंगल और वो एक होता है इसका गलत एंगल राइट right, सही जो डायरेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है वो बहुत ज़्यादा कम लोगों के पास होता है और जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं सोशल मीडिया या न्यूज़ के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके पास भी इसका लिमिटेड वर्जन मौजूद होता है और जो होता है जो गलत साइड होता है हिस्ट्री का और हर किसी के पास होता है क्योंकि इसमें हर तरह के प्लेटफॉर्म्स हर तरह के परसेप्शंस हर तरह के लोग आ जाते हैं और इसको आगे प्रमोशन मिलती है और इसकी प्रमोशन बहुत ज्यादा आसानी के साथ हो जाती है हालांकि जो राइट right डायरेक्शन होता है जो सही न्यूज होती है इसकी प्रोडक्शन नहीं होती पर ही स्टक हो जाती है रह जाती है इसको प्रमोशन नहीं मिलती और जो रॉन्ग डायरेक्शन होता है इसमें एक प्रोपेगेंडा बन जाता है और इस प्रोपेगेंडा को जब हम एक्सप्लेन करते हैं या जब हम किसी को ही बयान करते हैं तो उसको लेके और चेंज कर लेता है इसी तरह जब आगे को ये पहुंचता है तो वो भी को चेंज कर लेता है और जब ये चेंज होता है तो लास्ट में जाके ये सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा बन जाता है और उसी प्रोपेगेंडा को लेकर फिर हम हिस्ट्री बनाने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि सही जो डायरेक्शन था वो तो लिमिटेड था और बहुत ज्यादा कम था तो उसी जगह पर ही रह गई क्योंकि कम लोगों को चीज का पता था तो जो गलत डायरेक्शन था उसको बहुत ज्यादा आसानी की तभी बन जाती है जब भी तो येप्शन जब भी ये न्यूज उनके जहनों में पहुंच जाती है तो उनका जहन इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है लास्ट में जब आप इस राइट right डायरेक्शन को लेके जाओगे उनके पास तो उस पे अमल नहीं करते उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते क्योंकि उनका ऑलरेडी एक परसेप्शन बना हुआ है और वही परसेप्शन है रॉन्ग परसेप्शन तो फ्यूचर में जब हम हिस्ट्री देंगे नेक्स्ट जनरेशन को तो हम किसी न किसी स्टेज पे गद्दार हो सकते हैं क्योंकि हमने सही नहीं उसको एक रॉन्ग उसका जो रॉन्ग साइड था उसको हमने पेश किया था और उनको हमने गलत साइड दिया था तो जो सही डायरेक्शन था वो तो हमने अपने पास ही रख लिया या तो हमने इसको जल्दी प्रमोट नहीं किया तो यहाँ पे रह गया इसी तरह हिस्ट्री में जो ये दो साइड्स होते हैं एक्चुअल में बड़ा रोल इसका होता है कि हम किस तरीके से इसको पहुंचाते हैं अगर सही डायरेक्शन पहले आगे क्या तो ये हिस्ट्री बनेगी अगर ये डायरेक्शन आगे नहीं गया और जब गलत साइट को हम प्रेजेंट करेंगे तो गलत साइट बहुत जल्दी लोगों के जहनों में फंस जाता है और वही लोग एक्सेप्ट भी इसी चीज़ को जल्दी कर लेते हैं क्योंकि ये मिलता भी आसानी से है और इसको एक्सेप्ट करना भी बहुत आसान होता है क्योंकि इस साइड पे क्रिटिसिज्म नहीं होती यहाँ पे हर किसी के पास अपनी स्टोरी होती है अपने परसेप्शन होती है तो जब हिस्ट्री लिखी जाती है जब हम गिल शिक्वे करेंगे कि हमारा तारीख सही नहीं किया गया तो उसी की वजह भी ये है कि हम गलत साइट को प्रजेंट करते हैं तो इसी तरह जो हमारे मौरखीन थे उन्होंने कहीं ना कहीं पर गलत साइट को प्रेजेंट और हम भी गलत साइड को प्रेजेंट करने में लगे हुए हैं तो यह कहना कि किसी सुप्रीम कंट्री ने आके तुर्की शामिया उस उन मुमालिक पे ममालिकलजिला किया ये हो ही नहीं सकता अजीब बात है ये और साथ ये कहना कि उन्होंने अपने रिलीजन को डिस्टॉर्ड किया उसकी कदर नहीं की तो हम सारे इंसान कहीं ना कहीं अपने रिलीजन के साथ गद्दार हैं, हम भी गुनाहों में भटके हुए हैं, और हम पे भी कहीं ना कहीं पे अजाब है लेकिन हम एक्चुअल में इसको समझ नहीं रहे देख नहीं रहे हालांकि अजाब की मुख्त किस्में हमारे यहाँ मौजूद है और हम भी विक्टम्स है उसके और हम इसको फेस कर रहे हैं तो अल्लाह हम सब पे रहम करे हमेशा पॉजिटिविटी सही न्यूज़ को स्प्रेड करना चाहिए अगर ट्रू न्यूज़ नहीं है अगर ट्रू साइड ऑफ हिस्ट्री नहीं है तो गलत चीज़ को प्रमोट करना बहुत पूरी हो सकती है हमारी दुनियावी जिंदगी के लिए भी और उखरवी ज़िंदगी के लिए भी क्योंकि अगर हमारी वजह से कोई भटक गया सही रास्ते से तो उसमें रिस्पॉन्सिबल हम ही होंगे कोई और नहीं होंगा शुक्रिया